मैं जब ऐसा कहता हूँ तुम तो संविधा आदिओं के लिए जुटाओ मैं यज्ञ संपन्न करूँगा शरीय के ने जैसा दामाद ने कहा वैसा बहुत बड़ा यज्ञ रचा यज्ञ में अहूदियों के बारे में सब संपन्नता आरंभ हो गई यज्ञ की जब अहूदियाँ उस समय उस आखिरी में देवताएं इंद्रदी देवता, देवता आकर सोमपाल को यज्ञ के बाद स्वयं आकर लिया करते थे तो चवन महर्षि ने इन अश्विनी कुमारों को भी बुलाया और कहा कि तुम भी आ जाओ के तो अधिकारी नहीं है इनको नहीं देना चाहिए अगर तू तो दिया तो मैं तुझे भस्म कर डालूंगा तुझे खत्म कर डालूंगा ऐसा चवन महर्षि को कहा और चवन महर्षि ने कहा मैंने इनको वचन दिया है कि मैं इन्हें सोमपान देकर ही रहूंगा आपको जो करना है करो बात बहुत चरित्र और इंद्र भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर वज्र का प्रहार करता हूं संवंत महर्ष ने कहा कि मैं उस जगह बैठा हूं जहाँ नाथ रोज अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं और मैंने उनकी घोर तपस्या सांप के बिलमर रहकर की है हे hey, इंद्र तू मेरे साथ इस प्रकार की बात न करना और उन्होंने उस समय तपस्या के माध्यम से एक मोह मोह नाम नाम की की की एक एक को कृत्या की की, और उस मोह से मद नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस बाहर आया उसके कहते हैं कि उसके ओट पृथ्वी को उसका मोह अगर जबड़ा निकालता है तो ओट नीचे का ओट पृथ्वी को और ऊपर का ओट आकाश को लगता था ऐसी कृत्या उन्होंने की और इंद्र के वज्र को उन्होंने एक ही हाथ में पकड़ लिया तो सब लोग देवता सब बैठे थे सब लोग घबरा गए चौवन मार्च ने यह क्या ऐसी की की, खड़े हो गए फिर सभी ने मिलकर कहा कि यह कार्य कार्य तुम अगर सोमपान करने का अधिकार नहीं देते हो तो यह बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी तब उन्होंने सभी ने मिलकर कहा देवताओं के गुरु बृहस्पति की प्रार्थना की और कहा कि इस समस्या को सुलझाओ तब बृहस्पति आए और इंद्र को कहा कि तुम क्या समझ रहे हो चौवन महर्षि को उन्होंने जिस कृत्या को जिस अघोर कृत्य को कृत्या को सृष्टि किया है इस संसार में वो जब तक रहेगा उसको कोई नहीं हरा सकते और तुम्हें इसको हराने के लिए तुम उनके साथ समझौता कर लो और इंद्र को कहा कि तुम चौवन महर्षि से क्षमा मांगो और कहो कि इस कृत्या का कृत्या को समाप्त कर, कर दो समाप्त कर दो तब वो आकर चवन महर्षि को इंद्र भगवान ने क्षमा मांगे और कहा कि मैं इन अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बनाता हूँ आप इस कृत्या को पीछे ले लो तब चवन महर्षि ने कहा ठीक है और उन्होंने जब उस अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बनाया तो वह सब जितने भी लोग जितने भी देवताएं थे सब शांत हो गए और सभी लोगों ने तालियों के साथ कहा कि चवन महर्षि महान है चवन महर्षि ने इतना बड़ा कार्य किया और उन्होंने उस कृत्या को कहा कि तू इस संसार में धर्म के विरुद्ध काम करने वाले जुआ खेलने वाले वेश्या जो होती है, उनके पास तू चले जाना और उनको धर्म विरुद्ध कार्य करने में रोकना इस प्रकार उस कुत्तिया को बांट दिया और उन्होंने कहा कि तू शांत हो जा वो कुत्तिया शांत हुई और चवन महर्षि ने उस कुत्तिया को शांत करते हुए सोमपान का अधिकार अश्विनी कुमारों को बुला मैं ये कहानी आपको इसलिए बोल रहा कि वह घटना भी यहीं की घटना है और सरियत यहाँ का चंपारण्य जो है वहाँ यही तपस्या संपन्न किए थे और इस इस मोह संगम पर उनने जब उस अस्त्र को प्राप्त किया उस कृत्या को प्राप्त किया वो कृत्या का स्थान भी यही था आज वह होली की रात्रि है जिस अघोर मंत्र को उन्होंने करते हुए घोर का मतलब होता है अपने को अकल्पित घटना घटने वाले को अरे घोर बहुत घोर घटना हो गई कल्पना भी नहीं थी कि वो हो गया। उसे कहते लेकिन का मतलब होता है घटना का अर्थ जानकर उसको अघोर कहा गया घटना को रोक देना उस होने को रोक देने को अघोर कहा गया है इस अघोर रि के जानने वाले कैसे घटना होने को रोकने के लिए जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है वो केवल अघोर और रुद्र यही जानते हैं कि इस शक्ति को किस प्रकार किया जाए और यह ज्ञान चवन महर्षि को था कहते हैं कि उन्होंने देवताओं को राक्षसों को ही इस अघोर के कारण जो हम वो कहते थे उसको साधना वो सिद्ध कर देते थे और देवता भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे राक्षसों की मानो उनकी तो बात ही अलग थी उनका कुछ नहीं कर सकते थे तब इस साधना के लिए जब एक बार खुरी ने अपनी एक विशेष डायरी में इसको लिखते हुए लिखा था कि ये एक साधना है जोशी लेकिन बहुत कम लोग करते हैं तो परम पुज सदेव के पास मैं आया हूँ और, और गुरुजी ने वो उसके साधना का विधान बताया था गुरुजी ने कहा था कि पंच भस्म स्मशान भस्म पंच पल्लवों का भस्म यज्ञ का भस्म बिलो का भस्म और इस प्रकार पांचों प्रकार के भस्म लेकर तो एक शिवलिंग तैयार किया जाए जिसे अघोरेश्वर कहा गया है उस शिवलिंग के सामने अघोर एक अघोर मंत्र है उसको आज पाठ करता है उसके जीवन में किसी प्रकार की तंत्र बाधा हो ही नहीं सकती और वो संसार में उसके घर में या उस शिवलिंग की स्थापना हो जाए उसके ऊपर भस्म रखा जाए तो कभी दरिद्र नहीं हो सकता कुबेर उसके घर में आकर काम करने लगता है उसके घर में दरिद्रता का वास नहीं होता उसके घर में किसी प्रकार का तंत्र बाबा नहीं होती और रोगों से पीड़ित जो लोग हैं, उसके ऊपर भस्म लगाकर अगर वो भस्म अपने को धारण करते हैं तो उसको उस रोग का निवारण हो जाता है यह अघोर तंत्र है और इस शिवलिंग की जो स्थापना अपने घर में करते हुए आज की नहीं होती। जिसके घर में विवाह नहीं हो रहा है किसी तंत्र बाधा के कारण जिसके घर में उसके कार्य सफल नहीं हो रहे हैं जिसको साधनाएं सफल नहीं साधना, साधना करते अड़चने आती है समस्या उत्पन्न होती है और उसके घर में विवाह नहीं होते विवाह हो जाता है तो टूट जाता है पत्नी छोड़कर चल जाती है पति का सुख नहीं मिलता पति पत्नी का सुख ये सारे अगर वो समझते हैं कि किसी तंत्र के कारण ग्रहों की बाधाओं के कारण हुआ हो या किसी तंत्र बाधा के कारण हुआ हो या किसी देवता के श्राप के कारण नियम के श्राप के कारण अपने माता पिता के श्राप के कारण या किसी बड़ों के श्राप के कारण अपने घर में ये सभी ये सारे पितुदोष के कारण जूझ रहा है तो अगर ये शिवलिंग होती आज होली की रात्रि को केवल रखकर ग्यारह बिल्वर पत्र चढ़ाकर उसके ऊपर एक रुद्राक्ष या रुद्राक्ष मारा तो शिवलिंग पर चढ़ाकर उस मंत्र का ग्यारह बार 11 मंत्र पाठ करता है और उस शिवलिंग को अपने घर में स्थापना करते हुए वो अगर अगले होली तक इस शिवलिंग को अपने घर में रखकर उसके बाद में उसे नदी में विसर्जन करता है तो उसके जीवन भर में कभी किसी प्रकार का तंत्र उसके ऊपर काम नहीं करता ऐसा अघोर तंत्र में कहा गया है उस विशेष साधना को मैं आज चाहता हूँ कि आप आप सभी के हाथों से संपन्न करूँ मैं उस उन शिवलिंगों को तैयार ता, करने में मुझे पांच दिन लगे गत पांच दिनों से और मेरे लिए मैंने तैयार करने कल कर एक ही दिन में मैंने तैयार किया क्योंकि उस तरह का भस्म भी निर्माण करना था उस भस्मों से जिस शिवलिंग को निर्माण करना था उस शिवलिंग को निर्माण किया आज के दिन रात्रि में जो साधक अपने जीवन में इस तरह की अड़चने मेरे को साधना सिद्ध नहीं हो रही है साधना सफल नहीं हो रही है मेरे घर में बहुत दरिद्रता है मेरे घर में ये नहीं होता ऐसा जो समझने वाले जितने भी साल है अपने आप को असफल समझने वाले अपने आप को सारी बाधाओं से जूझने वाले सारे समझते हैं जरूर उस इस शिवलिंग की साधना को अगर आपके जीवन में आप संपन्न करते हैं इस शिवलिंग को लेकर केवल ग्यारह बार उस अघोर मंत्र को रात में करना है दस से बारह एक बजे के बीच में उस शिवलिंग को स्थापना करनी है उसके ऊपर ग्यारह बिलोपत्र चढ़ाने हैं और रुद्राक्ष माला रुद्राक्ष को अर्पण करते हुए उस मंत्र को ग्यारह बार पढ़ना है यह उन लोगों के लिए हुई जो लोग जैसे मैंने आपको बताया उस चवन महर्षि ने इसी तंत्र से इसी से शिवजी को प्रत्यक्ष करते हुए उस इंद्र जैसे देवताओं को भी हरा दिया था जिसने क्षमा मांगी थी मामूली लोगों की थी बात ही क्या आप ये बात रखो जो ये साधना संपन्न करता है उसके सामने बड़ा बड़ा आदमी भी गड़गिड़ाता है चाहे वो कैसा भी शत्रु हो चाहे वो कैसा भी कैसे भी दीनता हो कैसे भी दरिद्रता हो उसके सामने उसे घुटने टूक टेकने ही पड़ते हैं तो इस साधना को आज होली की रात्रि में जो संपन्न करेंगे वो अपने जीवन को पूर्ण उज्जवल बनाएंगे और अपने घर में उस शिवलिंग की स्थापना करेंगे जो पांच भस्मों से तैयार की गई है उसको उसके ऊपर भस्म बिलुपत्र और एक रुद्राक्ष चढ़ा करके और ग्यारह बार उस मंत्र का पाठ करना है ये होते हुए भी आज एक विशेष साधना स्त्रियों के लिए भी बोल रहा हूँ जो साधना सुकन्या जैसी की थी हमने देखा है वो मैं सारे के है, बहुत सारे लोग उसको, उसको इंद्र ने भी साथ दिया तो आपकी क्या बात है आप तो इन सारी चीजों को लेकर ही चलेंगे आपको मैं कहता हूँ कि जो उस श्रीयंत्र को स्थापना करते हुए वांछा कल्पलता नाम के इस एक मंत्र को श्रीयंत्र के ऊपर फूल चढ़ाते हुए अगर एक सौ अखबार उस मंत्र और उस स्त्री ये घर में स्थापन करते हैं तो उन स्त्रियों के घर में उसके पति के पति का सुख प्राप्त होता है पुत्र का सुख प्राप्त होता है सास ससुर का सुख और घर में सब सुख शांति भी प्राप्त होती है ऐसी साधना जिसे वांछा के प्रता साधना कहा गया है और वो होली के दिन ही करना है आज के दिन जिसने यह साधना संपन्न की वो अपने जीवन में किसी प्रकार की उसकी कमी अनुभव नहीं करेगी ऐसी यह दो साधनाएं मैं आज इस राज्य में जहाँ स्वयं देवताओं ने इन साधनाओं को संपन्न किया था ऐसी साधनाएं आपको दे रहा हूँ और छोटी सी साधनाएं बहुत बड़ी साधनाएं भी नहीं है, जो साधक इच्छुक है, वो साधक रात के दस बजे के बाद इन साधनाओं को यहीं आरंभ करें मैं भी आपके साथ साधना में बैठा हुआ क्योंकि मैं हर साथ वीर साधना और या घोर साधना हर रात्रि होली को संपन्न करता हूँ मैं आप सभी को परम पुण्य सदगुरुदेव की देव जी की ओर से आशीर्वाद करते हैं तो निश्चित समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तुम्हारे फिर राज्यों को नहीं आऊंगा और हुआ तो जरूर आप बुलाएंगे मैं आऊंगा ये मेरा आपको कथन है आपकी सारी संतें निवारण होगी जो इस साधना को संपन्न करेंगे एक बार जय घोष करेंगे बोलो परम पुण्य सदगुरुदेव भगवान की दस बजे के बाद इस साधना को संपन्न करनी है यहाँ के आयोजित से निवेदन है कि जो भी इस साधन में इच्छुक है वो लोग उस शिवलिंग और उसको ला लें मैं यहाँ साधना का विधान पहले उसको मृत्युंजय और सद्योजाता के मंत्र से उनको आपके सामने ही प्राण प्रतिष्ठा और रुद्रष्ट करवाऊंगा बाद में आप मंत्रित कर सकते हैं दस बजे के बाद जो लोग ला लेते हैं उनको दस पंद्रह मिनट का समय देता हूँ आप शिवलिंग लालो आपको साधना संपन्न करवाऊंगा जो स्त्री चाहिए है वो लोग श्रीयंत्र लालो उनको भी साधनाएं